कटनी के खिरहनी इलाके से पुलिस ने एक महिला को स्मैक की तस्करी करते गिरफ्तार किया है पुलिस ने महिला के पास से दो लाख पच्चीस हजार रुपए की स्मैक जब्त की है कटनी कोतवाली थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि खुरहानी इलाके में पूजा निषाद अपने घर के बाहर स्मैक लेकर ग्राहकों का इंतजार कर रही है सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर पूजा निषाद को स्मैक बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने महिला के पास से पंद्रह ग्राम स्मैक जब्त की है इसकी कीमत करीब दो लाख पच्चीस हजार रुपये बताई जा रही है वहीं महिला पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खिरैनी फाटक में जो पूजा निषाद रहती है उसके पास में स्मैक है वो लोगों को बेच करके और खासकर युवाओं को बेच करके उनका नशे की आदत डाल रही है इस सूचना से पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया एक टीम बना करके उसको रेट किया गया रेड करने पर उसके पास से पंद्रह ग्राम स्मैक जब्त की गई है जिसकी एन के तहत कार्रवाई की जाकर मतलब लगभग कीमत उसकी सवा दो लाख हाँ इसके खिलाफ़ पहले भी एक स्मैग का प्रकरण बनाया गया था इस संबंध में हम उससे पूछताछ कर रहे हैं अभी केवल उसकी कार्रवाई की है थाने लाकर उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये स्मैग कहाँ से लाती अब ये अभी जांच का विषय है पर ये है कि निश्चित रूप से इसमें ये बेच रही थी काफ़ी दिन से शिकायत मिल रही थी और जिसमें आज हमें पकड़ने में सफलता मिली